गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तो कल अपनी बहन राखी के साथ सिविल जीतने पर मैं फाइनली मुद्दे पर आता हूँ कि मुझे उसकी बात माननी पड़ती है मैं जीत या जा हार जाऊ अंत में फैसला उसी के हाथ में होता है छोटी मेरा ना बात माननी पड़ती है और मैं बेमन से पूरी श्रद्धा के साथ रास्ता बना देता हूँ जब इसके बैग में लंच बॉक्स रखता हूँ तो